नमस्कार मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट और आपका आशीष दर्शकों दिनांक 14 जनवरी का दैनिक राशिफल क्या कुछ नया लेकर के आया है आप लोगों के जीवन में इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ आ, मकर संक्रांति स्पेशल एक वीडियो हमने अपने चैनल पर डाला है तो यदि इच्छा हो तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं सभी राशियों के अनुसार हमने उसमें दान बताए हुए हैं कि आप लोग क्या क्या दान करें किस मंत्र से आपको स्नान करना रहेगा और भी उसमें बहुत कुछ है आप लोगों के लिए कैसा रहेगी ये मकर संक्रांति तो आप लोग जा करके देख सकते हैं आगे बढ़े दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 19 और 20 को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं आप लोग मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं खैर है, 14 जनवरी का पंचांग क्या कहता है ये इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर सख तो और माघ मास का जो आज जो है तिथि रहेगी चतुर्थी तिथि रहेगी दर्शकों ब्रह्मा वैवस्त पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि चतुर्थी तिथि के दिन मूली का सेवन नहीं खाना चाहिए सफ़ेद तिल का सेवन नहीं करना चाहिए इससे बुद्धि का नाश होता है मंगलवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः सात बजे सूर्यास्त होगा शाम को पाँच पर दर्शकों नक्षत्र जो रहेगा ये रहेगा मगा इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा करण रहेगा बालो इसके उपरांत कौलो करण रहेगा और योग जो रहेगा ये सौभाग्य योग रहेगा और अंतिम योग रहेगा शोभन योग तो काफी कुछ अच्छी स्थितियां रहने वाली हैं शुभ समय पर चलते हैं आज का जो शुभ समय दर्शकों रहेगा अभिजीत मुहूर्त ये ग्यारह बजकर चौवन मिनट से लेकर के बारह बजकर छत्तीस मिनट तक का जो समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त का है आप लोग इस दौरान शुभ कार्यों का कृत्य कर सकते हैं किसी भी काम में नहीं जो है आप निवेश कर सकते हैं कोई घर वगैरा ले सकते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हैं वही अशुभ समय पर आते हैं जिसको कि राहुकाल के नाम से जानते हैं तो दोपहर दो मिनट से लेकर के चार मिनट का जो समय रहेगा यह काल का रहेगा चंद्रदेव आज सिंह राशिवार को यात्राएं नहीं करनी चाहिए यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा गुड़ का सेवन आप करके तब यात्रा करिएगा और पहले आपको दक्षिण की ओर चार पग चलना रहेगा फिर आपको उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी चाहिए तो दर्शकों ये तो था आज का हमारा पंचांग अब बढ़ते हैं राशिफल पर और राशिफल में हमारी पहली राशि आती है याती मेष राशि मेष राशि वालों आज आपका दिन पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहेगा किसी सहकर्मी से जरूरी काम पर किसी विषय में रोचक चर्चा आपकी हो सकती है इसके साथ साथ दूसरों की लड़ाई जो दूसरे आपको राय देंगे ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी कारगर साबित होगी जीवन साथी के साथ आज आपके संबंध मजबूत होंगे कारोबार को बढ़ाने के लिए आज आपको कुछ खास लोगों की मदद मिलती हुई दिखाई पड़ रही है बड़े भाई बहनों से कोई अच्छा सा एक्सटेंसिव सा गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकता है कार्य कार्य स्थल पर आज उच्च अधिकारी आपके कार्य की तारीफ करेंगे फिर चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो आज आपको अचानक से धन लाभ के मौके भी मिलेंगे उपाय के तौर पर करना क्या चाहिए तो आज आप लोग कोशिश कीजिएगा भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का एक बार पाठ करिए इससे आपके जीवन में नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंग रहेगा एक वृषभ राशि तो वृषभ राशि वालों आज आपका दिन शानदार बीतेगा बच्चों के साथ आज आप लोग कहीं पर घूमने बाहर जा सकते हैं परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन भी संभव है आज आपकी वाड़ी से कई लोग काफ़ी हद तक की प्रभावित होंगे कुछ नई सीखने की कला आज आपके अंदर विकसित होगी आज आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी और आपके अंदर भरपूर एनर्जी रहेगी घर में आज आपको सबका साथ मिलेगा संतान पक्ष की किसी सफलता आज के मन को अभिभूत कर देगी आज आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा मिट्टी भी छू लेंगे तो सोना बने तो बूंदी से बना हुआ लड्डू चढ़ाइए साथ ही साथ सुंदर कांड का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो जैमिनी जी हाँ मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के सितारे क्या कहते हैं लेकिन दर्शकों एक बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये तो राशिफल जो है ये चंद्रमा के गोचर के आधार पर चल रहा है आपके वास्तविक जीवन में क्या है आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं और मिल करके टेलीफोन के माध्यम से या मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं शुल्क के साथ ये सुविधा है तो मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा खास करके जो मिथुन राशि के जातक हैं नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला ऑफिस में आज काम का बोझ बहुत ज़्यादा होगा आर्थिक स्थिति में आपके कुछ सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा शरीर से रिलेटेड कुछ आपको कष्ट हो सकता है शारीरिक कष्ट हो सकता है थकावट आपको महसूस हो सकती है इसका असर आपकी दिनचर्या पर पड़ेगा किसी दोस्त की समस्या सुलझाने में आज आप लोग उलझ सकते हैं परिवार में आर्थिक रूप से आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आज शाम तक की आपका जीवन बेहतर होगा आपकी सभी समस्याएं सुलझेंगी करना क्या रहेगा तो आज आपको गाय को गुड़ और रोटी खिलाना रहेगा आपके लिए शुभ कलर आज रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक रहेगा नौ कर्क राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य रहेगा परिवार के सभी सदस्य आज, आज आपसे बड़े प्रसन्न रहेंगे लेकिन आज, आज आपकी सेहत में थोड़ा सा अप्स डाउन उतार चढ़ाव बढ़ा रहेगा ऑफिस में आज किसी टीम मेंबर से किसी से बहसबाजी हो सकती है किसी काम को लेकर आज आपका नज़रिया दूसरों से अलग हो सकता है इससे कुछ आपकी परेशानी बढ़ सकती है जीवन साथी के साथ कोई गलतफहमी होने के योग बन रहे हैं आज दूसरों की बातों में दखल देने से आपको बचना चाहिए उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो भगवान भास्कर के सम्मुख बैठ करके गायत्री मंत्र का इक्कीस बार आप लोगों को उच्चारण करना है प्रोनन्सेशन करना है जाप करना है साथ ही साथ आपके लिए शुभ कलर रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार वहीं सिंह राशि के के जातकों आज आज आपका दिन काफी फायदेमंद रहेगा धन लाभ नए रास्ते आज आपके खुलते दिखाई अमली जामा नहीं पहना पा रहे थे तो आज का दिन बेहतर रहने वाला है यादगार रहने वाला है पार्टनर के, के पार्टनर अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर कोई वाद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है नौकरी पैसा लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे किसी काम के सिलसिले में आज यात्रा होती हुई आपको दिखाई पड़ रही है आज मंदिर में फल का दान आपके लिए बेहतर रहेगा साथ ही साथ रहेगा ये रहेगा और एक वही कन्या राशि के जातको आज आपका दिन बढ़िया रहेगा आज आर्थिक रूप से आपकी प्रगति होना तय है जीवन में धन लाभ के नए अवसर आएंगे रुके हुए काम पूरे होने पर आज आपको खुशी का अनुभव होगा आज कार्यों में आज आप लोग बढ़ चल करके हिस्सा ले सकते हैं। घर पर से कुछ आपके रिश्तेदार आ सकते हैं। बड़े बुजुर्गो के आशीर्वाद खुशियों का संचार हो सकता है सरकारी क्षेत्र में यदि आज आप अपना करियर बना चा, बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आज आप लोग कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं इसमें आप लोग सफल हो जाएंगे आज आपको करना क्या रहेगा तो ओम अंग नमः मंगल देव का का मंत्र मंत्र है और इस मंत्र का यदि आप लोग 108 बार जाप करते हैं तो धन की निश्चित ही आपके होगी शुभ कलर रहेगा आपके लिए ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ लिब्रा जी हाँ तुला राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो तुला राशि वालों आज आपका दिन मिला रहेगा आज आपका वैवाहिक जीवन काफी उमदा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए आज पढ़ाई के प्रति रुचि जागेगी ऑफिस जाते समय आज, आज आप कोई ज़रूरी फाइल भूल सकते हैं तो लिहाजा ऑफिस निकलते समय एक बार अपनी चेकलिस्ट जरूर बना लीजिएगा काम के प्रति सचेत रहिएगा कुछ अच्छे मौके आज आपके हाथ से आते हुए आएंगे लेकिन निकल जाएंगे किसी से बिना सोचे समझे बोलने में आज, आज आप मुसीबत में पड़ सकते हैं कोर्ट कचहरी के भी मामलों में आज, आज आपको सफलता नहीं मिलेगी आज आपको धन खर्च पर नियंत्रण करने की सितारे सलाह दे रहे कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग आज, आज आपको मिलेगा लेकिन जो जूनियर्स हैं ये आपके खिलाफ एंटी हो जाएंगे प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा पका हुआ भोजन किसी गरीब व्यक्ति को आप लोग करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वालों आज आपका दिन उत्तम रहेगा आज कोई ऐसा काम आपके पास आएगा जिससे आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी आज आपके रुके हुए काम आपके मन मुताबिक पूरे हो सकते हैं कुछ लोग आज आपसे दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज आपकी मुलाकात हो सकती कोई आज आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई भी दिखाई पड़ रही है आज आपके आसपास कुछ लोग आपसे मदद मांग सकते हैं घर परिवार का वातावरण खुशनुमा रहेगा ज़रूरतमंदों को आज कोशिश कीजिएगा कि कुछ मीठा खिलाईएगा साथ ही साथ आज हनुमान जी को बेसन से बना हुआ कोई जो है आपको मिष्ठान अर्पित करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ सेडिटेरियस जी हाँ राशि तो धनु राशि वालों आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा किसी निजी काम को पूरा करने के लिए बुजुर्गों की राय मानना आपके लिए बेहतर और कारगर साबित रहेगी घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी का आयोजन कर सकते हैं घर पर कुछ मेहमान आ सकते हैं काम के प्रति आज आपकी मेहनत रंग लाएगी आज आपको एक्स्ट्रा इनकम के नए नए मौके मिलेंगे दोस्तों से अपने मन की बात शेयर करेंगे रिश्ते मजबूत होंगे और आज सुबह उठ करके भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा hey, एक कैप्रिकॉन मकर राशि दिन अच्छा रहेगा किसी जरूरी काम से की गई यात्राएं लाभदायक होंगी आज आपका व्यवहार दूसरों को प्रभावित कर सकता कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ मिलेगा अविवाहितों को विवाह के रिश्ते जो है विवाह के बंधन में बंधने के योग दिखाई पड़ रहे हैं यदि आज आप लोग किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा काफी रोचक रहेगा अपने विषयों में ये पारंगत हासिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं गाय को रोटी और गुड़ खिलाई और जी को गुड़ और चने का भोग लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा धन प्राप्ति के योग बन रहे पहले किए गए कामों से आज, आज, आज, आज, आज आपको धन लाभ होगा साथ ही आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होगी दिन आज आपके फेवर में होने के कारण आज आप बड़े बहुत ज्यादा खुश रहेंगे छात्रों को आज के दिन पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आज आप लोग अपना पढ़ा हुआ भूल सकते हैं या ध्यान भटक सकता है कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन जो है हनुमान गायत्री मंत्र का आप लोगों को उच्चारण करना रहेगा साथ ही साथ हनुमान अष्टक का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अंतिम राशि पर चले लेकिन फटाफट आप लोगों से अपील है कि अगर अभी आप तक हमारे चैनल पर नए आए हैं उस तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए कमेंट में जय श्री राम का आप लोग उद्घोष जरूर कीजिए तो मीन राशि के जात को पाइसेस आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा कोई काम पूरा होने से जो आपके मन में परेशानी थी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद आज आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है समाज के लोग आज आपके पक्ष में रहेंगे दोस्तों का भी आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा जागरूक रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ किसी भी तरीके की पारिवारिक विवाद से आज आपको बचना होगा अगर आज आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो आज आपको धैर्य बनाए रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं भगवान सूर्यदेव का मंत्र है ओम भास्कराय नमा इस मंत्र का आप इक्कीस बार जाप कर सकते हैं साथ ही साथ आज आप लोग गाय को कोशिश कीजिएगा कि रोटी में गोल डालकर के जरूर खिलाइए इससे धन की प्राप्ति आपको होगी और यदि हो सके तो आज हनुमान मंदिर में जा करके आप लोगों को बजरंग बाड़ का पाठ करना होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है आप लोग इन स्क्रीन में देख सकते हैं आई कार्ड बटन में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या हमारे चैनल पर विजिट करिए और प्ले बनी हुई है वीडियोज पड़ी हुई अभी एक, एक ही दिन पहले दो दिन पहले डाले हैं तो जा करके उसको देखिए कि किस जब तब से आपका भाग्य बदलेगा कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में क्रांति लाएगी ये मकर संक्रांति तो जाइए और देखिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार